कर सकता है कोई भी व्यक्ति कर सकता है भाई तो सर कैसे हो आप सभी होंगे अच्छे आयोग के तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूं कुछ बड़ा एक जादू आपके सामने तो यार फटाफट आप लाइक कर दीजिए और तो दीजिए चैनल में स्वागत है आपका एक बार फिर से आज हम कुछ करेंगे अच्छा तो यार मेरे पास है लोटा गिलास टाइप तो और, अच्छा और आप हमारे ऐसे जुड़े रहे हो ये वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाली है आज तो गाय से आपको ले फटाफट हम करते हैं। तो गाय इस तरह से कुछ इसमें डाल लेने हैं माचिस के। इसके अंदर हम डालते हैं भी पानी। ये पानी ये है दोस्तों इसके अंदर। अभी इसको देख डालेंगे बीच में यहाँ पे बीच में रख देंगे दोस्तों इसको देख सकते हो आप इसको इसमें बीच में रख दिया हमने ये ठेर नहीं रहा दोस्तों रुकना एक मिनट फिर इसको ऐसे डालना है। तो हमारा चैनल ये बहुत आपको दिखाने वाला है। देखना इस तरह से पानी डाल लिया हमने अभी हम इसको आग लगाते हैं इसके ऊपर जो हमने बिन्ता के ऊपर जो हमने डाला है इसको आग लगाते हैं फिर एक गिलास इसके ऊपर ढक देंगे ठीक है तो गाइस इस गिलास के अंदर पानी चला गया पूरा का पूरा गाइस अब देख सकते हो पानी यहाँ पे और अब पूरे के पूरे गिलास के अंदर पानी चला गया इसके दोस्तों और मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं देखना ये पानी तो गाइस आपने देखा है इसके अंदर पूरे के पूरे पानी है जो चला गया है बाहर पता नहीं किस तरह की महंगाने लगी है तो गाइस आपने देखा है आप इस तरह का जादू कर सकते हो तो दोस्तों आप भी करके देखिए तो दोस्तों इसके अंदर पानी ये गिलास पूरे के पूरे खींच ले रहे दोस्तों आप भी जरूर ये, ये यूज करके देखना किस तरह का लगा हमें भी जरूर बताना ये कोई भी कर सकता है कोई भी व्यक्ति कर सकता है एक माचिस एक ऐसे बिनता कुछ भी हो टमाटर वगैरह तो लेके हम प्याज़ वगैरह कुछ भी हम लेके इसको यूज़ कर सकते हैं यार समझा करो इसको हम करके और इसके जो हम इसके तिल्ले जो हैं सारे के सारे इसके अंदर रोप के जो दस बारह तिल्ले और बाद में जो थाली के अंदर पानी ऐसे घाल के जब इसके ऊपर आग लगा के इसको ढक देंगे तो पानी इसके अंदर अपने आप चला जाएगा दोस्तों ये ट्रिप कैसी लगी है? हमें ज़रूर बताना कॉमेंट में अरे दोस्तों आपके लिए रोज़ धमाक वीडियो लाएंगे हम रोज़ तो नहीं ला सकते यार कम ही लाएँगे मतलब आपके लिए धमाक वीडियो आएगी जो भी आएगी और अगली बार जलाएँगे हम एक लीटर पेट्रोल और एक लीटर पानी दोनों को मिक्स करके घोल के तो उसको आग लगाएंगे कैसे आग लगती है ये आप भी देखना जरूर अगर इस वीडियो को आप नए हो तो हमारे वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल एनकन और आज के लिए इतना है जय हिंद बंदे मातरम